कितना दर्द सीने में आयूर फेले आबू मेरे पे लेंगे क्योंकि बस हूँ ना मैं सावन के महीने में न अब जीने में न गीने थे एक वक्त हाथ में रात में सोचा कि गम को भी पी लेंगे थोड़ी सी फीलिंग फीलिंग फ्री में ये मेरा ड्रीम है Manu? कैश का फ्लो एंड फ्लो वी ग्रो एंड ग्रो वी ग्रो इंग सो वी वॉन्टेड getting a horn and a hose bro and bros they killing it slow and slow let's like slow motherfucking lane up yo let's go oh oh yeah yeah yeah It's venom after we bang the show. It's generous after we make it glow. Suspicious after you bang my hoe. Delicious after we taste it. Precious after I rest in peace. Ambitious after I get a no. ठीके पैर तो चलने दो, ठीके पैर तो घुसा दो, जान के जगे तो घुसा दो. बचो तुम अभी भी गुस्सा हो सेंस नहीं था तो पूछा क्यों वो जरा बता तो भूलोगे कब मेरी खता को मरने को आना तो पता दो मरने का शौक इन को ना छोड़ो में देख पहले कुछ तो ब्रो पूछे मैं कौन अब तुम कौन हो in in God the bitches होने में Are you really